टाइम है रात के दो बजकर बत्तीस मिनट अचानक से बारिश हो गई तो नींद लग गई थी पर एकदम से क्या हुआ कपड़े के पास पानी आ गया कपड़े भीग भी गया ऊपर छप गया ये देखो नीचे बाल्टी लगाई पानी टपक रहा पूरे में खुल गई, गई बारिश हो एकदम। दो। नमस्कार दोस्तों निकल चुके हैं एक और दिन नई खोज नई शुरुआत की तरफ तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज पूरे दिन क्या क्या करते हैं आज हम जय महादेव कल पूरी रात में पानी गिरा आज देख सकते हैं अभी भी रोड गीला ही है चौराहे पर पहुंचने वाले हैं दो मिनट में सुबह सुबह कॉलेज के लिए बसें निकल चुकी हैं चौराहे पर देख सकते हैं साफ सुथरा माहौल है ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है कितना प्यारा माहौल सात बज के सत्तावन मिनट सुबह के अब चलते हैं स्टेशन की तरफ टाइम से स्टेशन पर पहुंचना जरूरी है ट्रेन निकल गई तो सारा दिन ख़राब जय हनुमान ज्ञान गुंड सागर रात में पानी गिरा है इसकी वजह से ये देखो कीचड़ हो रही है जे बैठा है एक डॉग गौ वो है गुप्त द्वार चलें पहले हम भी निकलें गुप्त द्वार से बाहर तो ये गुप्त द्वार ऐसा ही है गुप्त द्वार गुप्तवाद गुप्त द्वार गुप्त से निकल के आ गए बाहर ये स्टेशन का खूबसूरत नज़ारा देखो मंदिर पर आरती चल रही है बस स्टेशन पर आ चुके हैं कुछ ही समय में आ, ट्रेन आने वाली है रीवा से जा रीवा से चलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर को जाने वाली रिवांच रिवान, रिवान चल है उसके पर दूसरी रिवांचल है तो ये है रीवा से चलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर को जाने वाली स्पेशल ट्रेन भी आ चुकी अब हम भी तैयार हैं चलते हैं अब इससे करते हैं आज का अप डाउन चालू प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर लग चुकी है रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर स्पेशल ट्रेन भीड़ ज़्यादा नहीं है नॉर्मल भीड़ है ये सामने जर्नल डिब्बा है इसमें घुसेंगे अंदर अधिकतर लोग पीछे दौड़ गए अपन तो इसी जर्नल में बैठेंगे जीएस में जी एस मतलब जर्नल ट्रेन चल चुकी है अपन भी बैठ रहा अंदर उसी में फायदा है ट्रेन का नंबर तो पता नहीं है इसका स्टेशन से ट्रेन चल चुकी है टाइम बताएंगे सबसे सब पहले टाइम आठ बजकर बारह मिनट होने वाले हैं और एक ये अभी करंट में रील डाल देता हूं और एक डालूँगा भोपाल पहुंच के तो देखता हूं कितना टाइम लगता है तो जब तक के लिए बने रहिए और लाइक शेयर तो ज़रूर करना है बजकर 20 मिनट टाइम और ये अपना जनरल डब्बा है रीवा से चलकर डाक्टर अंबेडकर नगर को जाने वाले स्पेशल ट्रेन है ये रीवा डाक्टर अंबेडकर नगर ट्रेन अभी निशातपुरा यार्ड पहुँची है और देखो लोग यहीं से उतरना चालू ठ बजकर इक्यावन मिनट पर इसने निषादपुरा यार्ड में पहुंचा दिया है निशादपुरा है पूरे पूरे पैतीस मिनट लगे ये एक सर्विसिंग ट्रेन कह सकते हैं ग्राइंडिंग उपकरण यार्ड में खड़ी थी तो मैंने इनका ये वीडियो में थोड़ा इसका भी फुटेज लिया जाए क्योंकि छोटे बच्चे भी देखते हैं तो उनको जानकारी लगे कि ये ऐसी ट्रेन रहती है अलग जिससे पटलियों की सर्विसिंग की जाती है मतलब देख रेख या मरम्मत की जाती है तो ये उसकी मशीन है इसमें दो दो इंजन लगे हैं एक छोड़ डब्ल्यू डब्ल्यू ए जी यहाँ पर इतना ज़्यादा है पूरी ट्रेन आगे से पीछे तक दिख रही है मैं पीछे एक सबसे आखिरी वाले डब्बे में हूँ पर आगे पूरी ट्रेन दिख रही है ये निषातपुरा यार्ड से संताराम नगर की तरफ जाते हैं ना तब पड़ती है ये जगह भाई उतर चुके हैं नौ बजे करेक्ट देखो पीछे ट्रेन जा रही है ट्रेन बाय वाई रीवा डॉक्टर अम्बेडकर नगर लो भाई आ गए छोला कैची रोड उसको बोलते हैं महानपुर रोड भोपाल तो